तुझे ना देखूं तो चे मुझे आता नहीं एक तेरे से कोई और मुझे नहीं है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 खयाल रहे दर्द सताए बुरा हाल रहे याद तेरी तेरा ही खयाल रहे दर्द सताए बुरा हाल रहे ऐसा पहले तो कभी भी ना तो छुआ पल पल दिल बेकार मुझे बस तेरा इंतजार रहे इंतजार रहे दिल हो के जुदा तुझसे रह सेवा कोई और मुझे भाता नहीं है कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है कहीं मुझे प्यार हुआ तो